के वघर कहिया बच रही मेरी जान पीछे क्रांति पीछे क्रांति पीछे चल चल बात रही मेरी जान अभी आप सुन रहे हैं कुटौना मिक्स बाय के साथ गायिका अर्चना शर्मा डीजे अजीत गजाड़ा ये कैसा न कोने रोंडो सूतरा तो कोने रोंडो का बड़वा कोने रहते लाले रंग के बाबा हरी रंग के रहते चूड़िया लाल रंग के